नमस्कार बहुत बहुत स्वागत वार्षिक राशिफल 2020 के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों का वर्षफल 2020 कैसा बीतेगा देखिए दर्शकों नववर्ष जब आता है कुछ खास ले करके आता है आप लोगों के लिए तो आपके मन में भी अच्छे प्रश्न होंगे कि क्या इस साल आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा क्या जिनसे आप बिछड़े हैं या आपके साथी बिछड़ गए हैं क्या दो में आपको मिलेंगे नए साल में कब करें एक नई शुरुआत किस्मत कब देगी आपका साथ कब बिगड़ेंगे आपके हालात और कब बनेंगे आपके हालात इन सभी प्रश्नों के साथ दर्शकों जो है आपके मन में जो भी चीज़ें उठ रही हैं वो हम अच्छे से जानते हैं इसी सिलसिले में जो है हम वर्षफल 2020 हज़ार बीस ले करके आए हैं और आप लोग भी सोचते होंगे कि जो चीज़ पिछले साल नहीं पूरी हो पाई है काश वो पूरी हो जाए और करियर आपका कैसा रहेगा आठ बिंदुओं पर हमने बेसिकली ये राशिफल बनाया है आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी स्वास्थ्य कैसा रहेगा कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा एजुकेशन शिक्षा कैसी रहेगी आपका पारिवारिक जीवन पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और आठवां जो अंतिम बिंदु रहेगा कि इस वर्ष को आखिर में आप कैसे प्रभावी बनाए क्या ऐसे शुभ उपाय करें कि शुभता में वृद्धि हो ये वर्ष आपको छप्पर फाड़ के धन, धन फा जरूर नहीं पड़ेगी तो अभी हम बता देते हैं कि क्या -क्या रहने वाली उसके बाद इन बिंदुओं पर भी चढ़ेंगे कर्क राशि के जातकों वार्षिक राशिफल दो हजार बीस के अनुसार ये जो वर्ष रहने वाला है यह आपको काफी अच्छे परिणाम देगी देखिए देगा मिले जुले तो देगा ही लेकिन उम्मीद से बेहतर भी परिणाम देगा संघर्ष के साथ साथ आप सुखद अनुभव आपको प्राप्त कराएगा ग्रहों की स्थिति पर यदि हम नज़र डालें तो साल की शुरुआत में ही राहु मिथुन राशि के जातकों के बारहवें भाव में होगा और सितंबर के मध्य के बाद ये आपके ग्यारहवें भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेगा वहीं जो शनि देव रहेंगे 24 जनवरी के आपके जो सप्तम भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे बृहस्पति ग्रह तीस मार्च को सातवें भाव में मकर राशि में होंगे और वक्री होने के बाद ये तीस जून को छठे भाव में अपनी राशि स्वराशि धनु राशि में चले जाएंगे इसके बाद बृहस्पति ग्रह मार्गी होकर के 20 नवंबर को पुनः आपके सातवें भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे निश्चित तौर पर ग्रहों का ये परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के बदलाव को लेकर के आता है इस वार्षिक राशिफल में हमने आपको पहले ही बताया कि कैरियर हो गया व्यवसाय हो गया आर्थिक जीवन हो गया फैमिली हो गई लव लाइफ हो गई सेहत हो गया इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे लेकिन कैरियर पर अब हम पहले चलते हैं क्योंकि तमाम लोगों के यक्ष प्रश्न रहते हैं कैरियर से रिलेटेड तो इस वर्ष कैरियर में आपको सामान्य रूप से काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे यदि आप कोई नई जॉब खोज रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी इसके अलावा बिजनेस में भी आप अपना हाथ हाथमा सकते हैं वहीं कर्क राशि के जात अप्रैल से जुलाई के बीच करियर और व्यापार के क्षेत्र में आप सुखद अनुभव करते हुए नजर आएंगे कार्यस्थल पर आपके कार्यों की तारीफों की आपके बॉस अथवा सीनियर्स आपकी मेहनत और लगन को देखकर के प्रसन्न होंगे और इसका समुचित फल देंगे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी इस वर्ष आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ स्थानांतरण ट्रांसफर चाहते हैं वहीं पर आपका ट्रांसफर होगा वहीं यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी मुनाफा होगा जनवरी से अप्रैल तथा जुलाई से और मध्य नवंबर के बीच आपको विदेश ट्रिप पर जाने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है यह या यात्राएं आपके लिए शुभ रहेंगी वहीं कैरियर की दृष्टिकोण से बात करें तो कोई नई नौकरी भी आपको यहां पर प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स वर्ग के जो रिजल्ट पेंडिंग है उनके पक्ष में आएंगे और खास करके जो लोग दूध से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं चावल से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं चांदी से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है अब चलते हैं आर्थिक जीवन की ओर आर्थिक पक्ष की ओर कि कर्क राशि के जातकों का आर्थिक जीवन कैसा रहेगा वर्षफल 2020 में तो आर्थिक राशिफल 2020 के अनुसार कर्क राशि के लिए 2020 हज़ार मिला जुला रहेगा वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में रहने से कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है आपके खर्चों में वृद्धि दिखाई देती है जनवरी से और मार्च के बाद और जुलाई से मध्य नवंबर तक की समय अवधि आपके पक्ष में रहेगी इस दौरान आप अच्छा धन अर्जित करेंगे किसी को पैसा यदि आपने दिया है आपको लौटा देगा आप कई ऐसे निर्णय लेंगे जो भविष्य में आपको आर्थिक लाभ पहुंचाएं परंतु ध्यान रहिएगा अचानक और प्रत्याशित रूप से होने वाले खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है तथा धन की बचत भी आपके लिए आवश्यक रहेगी यदि आप किसी कंपनी फर्म या संस्थान में निवेश कर रहे हैं तो ये फैसला आपको आर्थिक हानि दे सकता है परिवार के जरूरी कामों में धन खर्च होगा परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर भी आपका धन खर्च होता हुआ इस साल दिखाई दे रहा है साथ ही परिवार में होने वाले समारोह में भी, भी आपका अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है इसलिए आर्थिक योजनाओं को अमल में ला करके ही कोई फैसला लें किसी प्रकार का आर्थिक रिस्क ना लें किसी को कैश के रूप में पैसा उधार ना दें अन्यथा फंस जाएगा कर्क राशि के जातको शिक्षा पे आते हैं एजुकेशन कैसी रहेगी तो इस वर्ष छात्रों को पढ़ाई में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी खास करके जो छात्र कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको दुगने जो है बल से परिश्रम करना होगा इस दौरान अपने लक्ष्य को केंद्र मानकर ही आप पढ़ाई करिएगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को आशा के अनुरूप परिणाम कम मिलेंगे जो छात्र प्रोफेशनल स्टडी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अप्रैल से जुलाई तक का समय सामान्य रूप से शुभ रह सकता है इसके अतिरिक्त जनवरी से लेकर के अगस्त तक आप अपनी शिक्षा में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे हालांकि इसके बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा इसलिए समय की कीमत को समझिएगा इसका इस्तेमाल करिएगा अन्यथा बाद में जो है वही होगा पछताए होद का जब चिड़िया चुग गई खेत तो समय निकलने के बाद ये वापस नहीं आएगा देखिए देखिए पारिवारिक जीवन पर आगे बढ़ते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा लेकिन दर्शकों यदि आप लोग लो लो अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आपके शहरों में हम आते हैं आप लोग देख सकते हैं कि हम किस किस आ, जो है महीने में किस किस शहर में रहेंगे तो आसपास के भी क्षेत्र से हैं तो आप लोग अप लो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं पारिवारिक जीवन की ओर चलते हैं वार्षिक राशिफल 2020 के अनुसार कर्क राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा इस वर्ष आपको फैमिली लाइफ में मिले जुले परिणाम मिलेंगे किसी मुद्दे को लेकर पारिवारिक जीवन में क्लेश की स्थिति पैदा हो सकती है वहीं माताजी की सेहत कुछ डाउन होती है कुछ बिगड़ सकती है इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखना रहेगा घरेलू समस्याओं को लेकर आप निराश हो सकते हैं इस वर्ष आप घर से दूर भी कहीं जा सकते हैं घर की विपरीत परिस्थिति में आपको कुछ कदम उठाने होंगे जैसे आपको अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाना होगा दूसरी बात एक बात बताएं आपके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिसमें घर की प्रतिष्ठा में आज आ जाए या परिवारजनों के बीच दरार पैदा हो साथ ही परिजनों के बीच सामंजस्य बना रहे इस बात को आपको ध्यान में रख करके आप कोई कार्य करिएगा ऐसा नहीं कि पूरे वर्ष पारिवारिक जीवन में अशांति का माहौल रहेगा घर परिवार में खुशियां भी देखी आएंगी वैवाहिक जीवन जो है आपका अच्छा रहेगा संतान अच्छा रहेगा दांपत्य जीवन में मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है अब बढ़ते हैं वैवाहिक जीवन की ओर वैवाहिक जीवन के अधिकांश भाग में आपको कर्क राशि के जातकों को खुशियां मिलेंगी जीवन साथी और आपके विचारों में इन से दिखाई पड़ेगा महत्वपूर्ण मुद्दों पर जीवन साथी की राय आपके बहुत कम आएगी हालाँकि जनवरी में आपको कुछ परेशानी आ सकती है इस समय लाइफ पार्टनर और आपके बीच कुछ मानसिक रूप से टकरार हो सकती है ऐसी स्थिति में अपने शब्दों का आप लोग वाड़ी का चयन करिएगा और ठंडे दिमाग से मसले को हल करिएगा किसी बड़ों की सहायता लीजिएगा वहीं मई से सितंबर तक का समय संवेदनशील रहेगा इस दौरान आपको अपने दांपत्य जीवन को संभल जो है रखना पड़ेगा क्योंकि बात का बतंगड़ बन सकता है फरवरी से मई तथा अक्टूबर नवंबर तथा दिसंबर तक का समय आपके दांपत्य जीवन के लिए काफी अच्छा रहेगा प्रेम संबंधों की ओर चलते हैं कर्क कर्क राशि के जातकों के लिए वर्षफल या प्रेम राशिफल 2020 कैसा रहेगा तो देखिए प्रेम राशिफल 2020 के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है इस वर्ष आपके प्रेमी जो है जीवन में अनेक बदलाव आ सकते हैं आप अपने लव पार्टनर के लिए एक जिम्मेदार साथी बनेंगे इस वर्ष आपको एक ऐसा लव पार्टनर मिल सकता है जो आपके लिए लाइफ पार्टनर साबित हो आपकी जिनके दोस्ती है उनके साथ आपके प्रेम के जो है प्रेम के संबंध स्थापित हो जाएंगे मध्य अप्रैल के बाद प्रेम जीवन में एक आध्यात्मिकता और मानसिक प्रवृत्तियों का समावेश देखने को कर्क राशि के जातकों को दिखाई पड़ रहा वही जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं तो घर परिवार से थोड़ी सी आफत आती हुई दिखाई पड़ रही है और उसके बाद विवाह होगा प्रेम में विश्वास बनाए रखिए और साथी की भावनाओं का कद्र करिए ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि जिससे आपके जो है जो है लव पार्टनर की और परिवार में मर्यादाएँ तार तार हों तो इनसे आपको बचना रहेगा स्वास्थ्य के ओर चलते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य तो इस वर्ष आपको अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और ऐसे खाद्य पदार्थों से परहेज करें जो आपकी हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालते हों इस वर्ष आपको पित्त संबंधी बीमारियां जैसे कि शरीर में गर्मी बढ़ना ज्वर बुखार वायरल इन्फेक्शन टाइफाइड शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना स्किन से रिलेटेड कोई समस्याएं, कोई बीमारी उभर सकती है ऐसे में खाद्य पदार्थों से जंक फूड से आप लोग परहेज करें जिनकी तासीर काफ़ी गर्म रहती हो खान पान के अलावा अपनी दिनचर्या में सुधार लाएं। सुबह जल्दी उठिए योग करिए स्ट्रेचिंग करिए एक्सरसाइज करिए रनिंग करिए संभव हो और पसीना आपके बाहर निकले पर्याप्त नींद लीजिए और रात्रि में जल्दी सो जाएं दो बजे तीन बजे रात में ना सोएं मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहिए अन्यथा शरीर पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा किसी भी प्रकार की जो है नशीली चीज़ों का सेवन ना करें अंतिम पड़ाव पर आ गया है हमारा ये राज्यफल लेकिन दर्शकों उपाय पर आगे बढ़ें आपसे कुछ बात करनी है और ये बात हमें जो है अपने तरफ से नहीं कर रही या आप ही लोगों की तरफ से कमेंट आए थे तो उस कमेंट के जो है रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं तमाम दर्शकों के कमेंट ये थे कि पंडित जी हाँ हमने इन पंडित जी का हम नाम नहीं लेंगे दूसरे पंडितों का या जो दूसरे YouTube के हैं YouTube पर बहुत ज़्यादा बाढ़ सी आ गई है हमने इनसे पूजा करवा ली लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला आप खुद बताइए कि अगला क्लाइंट कहाँ बैठा है पंडित जी बैठे हैं दिल्ली में बंबई में पुणे में या देश के किसी भी कोने में बैठे हैं हजार किलोमीटर दूर दो किलोमीटर दूर, किलो दूर बैठे हैं आपने पैसा दस हज़ार भेज दिया और वहाँ पर पंडित जी पूजा किए कि नहीं किए ये आप देखने जा रहे हैं अरे भाई पूजा के लिए पंडित जी आते हैं बैठते हैं बाकायदा उसका संकल्प होता है और संकल्प होने के बाद वो पूजा होती है देखिए मीठा बोल के किसी की भी जेब से पैसा निकालना बड़ा आसान होता है और उसमें ही आप लोग फंस जाते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों को देखिए फंसना नहीं है आपका पैसा बड़ा कीमती है आपका धन बहुत कीमती है इसको आपको बचा के रखना है बहुत ज़्यादा पैसा हो तो अपने जन्मदिवस के दिन आप हज़ार दो हज़ार लोगों को खिला दीजिए उससे आपको दिल में और दिमाग में दोनों जगह ठंडक पहुँचेगी अब तो आपको जो है आपका पैसा चला गया ना आप जिन जीवन भर वो पैसा नहीं भूल पाएंगे और इसमें बदनाम कौन होता है ज्योतिष विद्या बदनाम होंगी और ज्योतिषी बदनाम होगा भले वो सत, सत्य बोल रहा हो हम सही बोलने आपको हो सकता है अच्छी हमारी बातें ना लगें लेकिन ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है और लोगों को अच्छी लगेगी तो इन चीजों से आपको बचना रहेगा दर्शकों ऐसे ठग लोगों से आप लोगों को बचना है जो कि इस चीजों को अपने धंधा बना दिए हैं आप पैसा दे देंगे और वहाँ बैठे बैठे जो है क्या कहते हैं कालसर्प आपका शांत कर देंगे राहू केतु आपका शांत कर देंगे गुरु पुस्त में शांत कर देंगे अगरबत्ती बेचेंगे दिया बेचेंगे फालतू के उपाय इन सब चीजों से देखिए दर्शकों बचिए चलिए उपाय पर चलते हैं दो 2020 को प्रभावी बनाने के लिए आपको कौन सा ऐसा प्रयोग करना रहेगा? तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ आपको करना रहेगा। बंदरों को गुड़ चना और छोटे बच्चों को बूंदी का प्रसाद मंगलवार के दिन जरूर बांटे मांसाहार का सेवन मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार को बिल्कुल भी ना करें और एल्कोहल का सेवन भी बिल्कुल ना करे कार्य क्षेत्र पर जाने से पूर्व एक गुड़ की डली गुड़ की बाइट खा करके तब निकलिए धन लाभ के लिए हमने आपको बताया था कि बहुत बड़ा प्रयोग बताने वाले हैं। तो हफ्ते में एक दिन शुक्रवार के दिन आप लोग अनार के रस से शिवलिंग पर श्रीमंत्र से अभिषेक करिए देखिए कितना अच्छा धन लाभ होगा आप लोग हमें याद रखेंगे दर्शकों आपके कुंडली में क्या चल रहा है इसका तो विश्लेषण कर कर ही पता चल पाएगा रत्नों का जो है चुनाव हम तभी आपको बताएंगे ऐसे अभी हम कोई रत्न आपको बता दे पुखराज पहन लें मुंगा मारिक के या मोती पहन लें नुकसान भी आपको कर सकता है वास्तव में आपकी लग्न कुंडली सब डिविजनल चार्ज महादशा क्या चल रही है आपकी कारकांश कुंडली क्या कह रही है तो कई चीजें देखनी पड़ती है दर्शकों आप लोग विश्लेषण करवा सकते हैं आपके शहर में आते हैं और स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग फोन के माध्यम से भी करवा सकते हैं गायत्री मंत्र की एक माला का जाप प्रातः काल सुबह उठ करके करिए सूर्यदेव को नित्य अर्घ दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का संडे के दिन तीन बार जरूर पाठ करिए डेली एक पाठ तो आपको करना ही करना है शनिवार के दिन काले तिल से बने हुए वस्तुओं को आप दान कर सकते हैं काला तिल दान कर सकते हैं काले तिल से बनी हुई कोई मीठी चीज आप गरीबों में दान कर सकते हैं ब्लैक कलर को इस वक्त अपने जीवन से अवॉइड करिए देखिएगा कितनी अच्छी जो है आपको सफलता मिलेगी तो दर्शकों ये तो था हमारा कर्क राशि के जातकों का वर्षफल 2020 नव वर्ष की असीम शुभकामनाओं सहित आपको छोड़े जाते हैं लेकिन जाने से पहले दर्शकों वही अपील कि यदि आप नए हैं और पुराने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए हमारी सारी वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचे और दर्शकों फेसबुक पेज पर यदि आप देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए फॉलो करिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप फेसबुक पेज पर जमकर शेयर करिए रुकना नहीं चाहिए शेयर क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ हमने बताया हुआ है दर्शकों जाते जाते आप लोगों से विदा लेते हैं जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन आप लोग हमको हमारा दैनिक राशिफल भी देख सकते हैं मंथली राशिफल भी आप लोग देख सकते हैं और भी बहुत कुछ ज्योतिष से संबंधित चीजों को बताते हैं खास करके यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग हमको ट्विटर पर पूछ सकते हैं हमारी जो ट्विटर की आई है एट दी लगाइएगा और आशीष पांडे ट्वेंटी लिखिएगा हम प्रकट हो जाएंगे वहीं पर जो भी यक्ष प्रश्न आप लोग हमसे पूछ सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार नववर्ष मंगलमय हो